दोस्तों पहले ही पर शाहरुख खान ने जड़ा ऐसा करारा छक्का कि उड़ गई प्रीति जिंडा का हो जी हाँ आपको बता दें कि मोहाली के मैदान पर पंजाब किंग का हालत बहुत खराब दिख रहा था लेकिन तभी बल्लेबाजी करने उतरे शाहरुख खान शाहरुख खान ने अलसारी जोशी के बाउंसर पर अपने बल्ले से पंचानवे मीटर से भी लंबा छक्का लगाया तो देख पूरा स्टेडियम उनको हैरान हो गया जहाँ उनके डर ऐसी गेंदबाज के पसीने छूट रहे थे वहाँ प्रीति जिंडा भी उनको देख हैरान हो गयी थी वह शाहरुख खान के लिए खुशी ऐसी तालिया बजाते हुए नजर आई देखते देखते शाहरुख खान के इस छक्के पर वह दीवानी भी हो दोस्तों क्या पंजाब सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं ये कमेंट में जरूर बताइएगा